एक वाक सुनाता हूं खाजा मोइनुद्दीन अजमेरी का अतए रसूल हिंदुल वली हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रमतुल्ला है, है। फरमाया करते हैं हम कट्टर कादरी हैं पर हम खुल के ये बात मानते हैं कि हिंदुस्तान के बादशाह का नाम मोइनुद्दीन अजमेरी है ए, ये बबांगे दोहल मानते हैं बहर आल हिंदल वली हजरत ख्वाजा है अजमेरी है खाजाज मेरी जब नए नए आए ना यहाँ अजमेर शरीफ में आपने खैमा लगाया था कपड़े का खैमा लगा के उसमें रहते थे तो एक नौजवान था वो बाहर रहता था अजमेर से तो वो आया कुछ दिनों के लिए पढ़ाई से फारग हो कि अजमेर का रहने वाला था लेकिन बाहर रहता था जब यहाँ आया ना वो तो असर के बाद वो गुजरता ख्वाजा अजमेरी के खेमे के सामने से झोंपड़ी के सामने से तो खाजा साहब असल के बाद बैठ के रोया करते थे आशक दा काम ही रोना तोना बिना रोयो नहीं मंजूरी ये आशक सदा ही रोंदा रही पावे वसल होवे पावा दूरी रोया करते थे। तो नौजवान बड़ा सादा सा था बचपन में वालिद फौत हो गए सिर्फ माई माँ ही मां थी एक दिन अम्मा से जाके कहने लगा ये मुसलमानों का साधु रोता क्यों है अम्मा कहने लगी मुझे क्या पता बच्चा कत् मेरे अंदर तजस्स बढ़ गया कि बा से पूछू तो सही क्यों रोता है दो चार पांच दस दफा मैं गुजरा एक दिन बेचैन हो के मैं कमरे में चला गया उजले में तो मैंने कहा बाबा क्यों रोते हो कहने लगे मुझे अपने शेख की याद आती है मुझे याद आती है तो वो बच्चा कहता मुझे उस वक्त तक पता नहीं था कि मोहब्बत में भी रोया जाता है मैं समझता था रोना सिर्फ दुखों में आता है शेख की याद आती हजरत आशाह दीखा अल्लाह फरमाती है जिस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त हमारे घर आए ना और नजूर ने फरमाया अबू बकर चल तूने मेरे साथ मदीने जाना है तो मैंने जनाब सिद्दीक के एक बार को रोते देखा तब मुझे पता चला कि मोहब्बत में भी बड़ा रोना आता है मोहब्बत में भी रोया जाता है फरमाते खाजा अजमेर वो नौजवान कहने लगा बाबा प्यार में भी रोया जाता है कहा कहने लगा मैंने भी रोना है तो आप लगे दो शर्तें है कि कलमा पढ़ जा दूसरा मेरा मुरीद हो जा आ जाएगा रोना कतब लोश ही लग गई कभी आंसू देखे नहीं थे हजरत अजमेरी कहते हैं इस तरह कर ले कहने लगा जी मैं अपनी अम्मा से पूछ लू अम्मा के पास गया तो अम्मा कहने लगी बेटे मैं तुझे जानती हूँ तेरे दिल में जो बात बचपन से आ जाती है ना फिर वो निकलती कोई नहीं तो इस तरह कर कर ले जिस तरह बाबा कहता है इसलिए कि तू पीछे तो हटना नहीं जाके मुरीद हो गया कलमा पड़ गया अब बाबा जी कहते नाश्ता भी मेरे साथ करना है शाम का खाना भी और फजर की सैर में भी तू साथ जाएगा। प्रीत हो गई प्यार बढ़ गया पर कट गए जिंदगी बाबे से व्यवस्था हो गई अब चंद महीने जब गुजर गए ना पूरी लॉ लाग गई तो बाबा जी कहने लगे बेटे तेरी तीन छुट्टियां हैं तीन दिन तूने मुझे मिलने नहीं आना बिल्कुल तीन दिन के बाद आना। उसने कहा मसला ही कोई नहीं परवाह ही ही नहीं नहीं थी ना, पता ही नहीं था। तो वो, वो चला गया घर। सुबह से शाम तक रहा शाम को अम्मा ने रोटी दी तो तीन रोटियां खाया करता था एक लुकमा भी न तोड़ा जाए अम्मा कहती बेटे खैर है अम्मा जी पता कोई नहीं को अंदर कमी है किसी चीज की कोई खबर नहीं पता कोई खाज़ा साहब राम था। का वो बुरीद अम्मा बार बार पूछती लेकिन कोई बात हो तो बताए ना कुछ नहीं अम्मा कोई नहीं बड़ी मुश्किल से शाम हुई शफक गायब हुई अंधेरा जो छाया सारी दुनिया बिस्तर पे लेट गई तो उसने उठ के छत पे घूमना शुरू कर दिया बच्चा ना सोए तो अम्मा कैसे सोए अम्मा भी छत पे आई का बेटे क्या बात है का अम्मा पता कोई नहीं कोई मेरी नींद उड़ा के ले गया बेटे तो उन्हें रोटी भी नहीं खाई कामा कोई नहीं पता कोई पता न जब 12 बजे के बाद का वक्त आया तो फिर हल्के हल्के आंसू निकले और जब सैरी चमकी तो धाड़े मार के रोया बेटे क्या हुआ मैंने बाबा जी के पास जाना है उसे कह मेहरबानी करे मैं नहीं ये जुदाई मेरे बस का रोग नहीं अब नहीं मैं नहीं रह सकता फरल की नमाज पढ़ के तो अम्मा गई कहने लगी मेहरबानी कर उसे बुला तो बाबा जी कहने लगे उसे कहे, अभी, तो एक दिन अभी तो वक्त बड़ा पीछे है, अभी टाइम है। बस अगले दिन की जो शाम हुई तो माँ के कदम में गिर गया कहने लगा खुदा का वास्ता उसे कहो मेरा नहीं गुजारा होता अब नहीं आबादी हो गया अब अब अगर उसकी दीद का नशा न मिला तो मर जाऊ हजरतरी रहमतुल्ला के पास अम्मा रोती हुई आई कहने लगी बाबा मुझे नहीं पता तेरा उसका रिश्ता क्या है मैं तो माँ हूँ उसके आंसू गिरते हैं तो मेरा कलेजा फटता है वो जब रोता है तो मेरी जान निकलती है मेहरबानी कर उसे दीद का नशा दे मेरा बेटा है बिलकता है देखा नहीं जाता जब ये लफ्ज कहे तो आप समेने लगे माँ तो अवैस करने की हो तो मेरे रसूल दीदार मना कर देते हैं तो तू मां बन की आई है तो तुझे कैसे रोक दूं फरमाया जा उसे आ जाए अब वो वहां से निकला तो दौड़ा आया और आके खड़ा हुआ तो हजरत अजमेरी मुरीदों को सबक पढ़ा रहे थे किताब खुली हुई बात हो रही थी मुरीदों के साथ मुरीदों के साथ, साथ गुफ्तगु हो रही आके खड़ा हो गया एक नजर यूं उठाई यू उठा यू उठा यू तो दरवाज बड़ी देर से खड़ा यूं नजर उठाई यू उसकी तरफ देखा बस देखा ही था कि वो धाड़े मार के रोने लगा तो हजरत अजमेरी ने मुस्कुरा के एक जुमला कहा फरमाया पता चल गया मोहब्बत में भी रोना आया करता है पता चल गया के के तो आंसू हजरत अजमेरी के भी निकल गए रो पड़े आहे निकली माने लगे बेलिया रात सोया नहीं ना कहा हजूर नहीं, नहीं। फरमाया मैं भी नहीं सोया तू अगर बेदार था तो कल शाम रोटी नहीं ना खाई हुई खाई माया मैंने भी कोई नहीं खाई ये मोहब्बत दो तरफा होती है एक तरफा थोड़ी होती है अगर तूने नहीं खाई तो मैंने कब खाई मेरे भाई हमारे मशाइ ने मोहब्बत की जंजीरों में बांधा मुरीदों तो बंद गए गुजारे ही नहीं होते थे।